अरे भाई छोटा सा एक मैसेज है जो हमारे जमीन को लिखा लिया है ना उसके लिए छोटा सा मैसेज है अरे बॉर्डर पे लड़ोगे तो शहीद कहलाओगे बॉर्डर पे लड़ोगे तो शहीद कहलाओगे गरीब के जमीन पे क्यों मरते हो वहां मरोगे तो घोड़े का लीध कहलाओगे इतना मैसेज हमारे लिए है बस आज के लिए इतना ही अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लेना